जब नबीलातलाम के साथ ऐसी मोहब्बत है तो फिर उसकी एक अलामत यह भी है कि कसरतलामीम के ऊपर कसरत।, कसरत से सलात पढ़ना द्रूशरी पढ़ना चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह तला तो फरमाते हैं इनतुनाबी यानू तस्लिमा तो हम भी कसरत से दुरुषी पढ़े अल्लाइना मुहमदना सईद्रबन काबन की हिमत में हाजिर हुए अल्लाह के मैं आप पर तीसरा हिस्सा अपने वक्त का दुरुषी पढ़ने में लगा दू नबीस््लाम ने फरमाया तू ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा फायदा होगा अल्लाह के हबीब में दो तिहाई हिस्सा दुरूषरी पढ़ा करूं नबीम ने फरमाया ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा नफा होगा उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब फिर तो मैं पूरा वक्त ही आप पर दुरूषरी पढ़ूंगा आल नबी इस्लाम ने इसके जवाब में फरमाया जन युग पर जमबुका व तुख फाह अगर तू हर वक्त मुझ पर दरुशरी पड़ेगा अल्लाह फिर तेरे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और तेरे तमाम गमों को अल्लाह खत्म फरमा देंगे उम्र में खताबलान फरमाते थे अदुआ व सलात तुम अल्लाखुम बइन वल और दुआ और नमाज आसमान और जमीन के दरमियान मुलक रहती हैं फलायस मिनुशन हता नबी सल्लासम ये उस वक्त तक ऊपर कबूलियत के लिए नहीं जा पाती जब तक कि इनमें नबी इस्लाम पर दिलोशरीफ न पढ़ा गया इसीलिए हर दुआ से पहले भी दरूशरीफ पढ़ना चाहिए बाद में भी पढ़ना चाहिए नबी अलीस्म तो ने शाद फरमाया निला दो शरीफ के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता एक हदीसी मुबारक में फरमाया फी कि दिलोल तो किताब अगर कोई बंदा लिख रहा हो और लिखते हुए नबीलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी आ जाए और वो नाम नामी इसमें ग्रामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे तो नबीम ने फरमाया जब तक उस किताब में मेरे नाम के साथ ये द्रुज शरीफ लिखा रहेगा उस वक्त तक एक फरिश्ता उसके लिए इस्तफार करता रहेगा अल्लाह अकबर कबीरा दीगा मसूद लानो फरमाते हैं कि नबील इस्लाम ने फरमाया से भी योमल क्या अक्सर हम अलत के जो बंदा मुझ पर सबसे ज्यादा दुर्षी पढ़ता होगा वह फिर क्यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब भी वही बंदा होगा अबोकर सिद्दीक लानों ने एक अजीब बात फरमाई फरमाते थे कि असलातोल नबी अम हकुल जुनूबार्नार के जिस तरह ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है द्रू शरीफ पढ़ना इंसान के गुनाहों को उससे भी जल्दी बुझा देता है तो द्रू पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटा दिए जाते हैं अबू रेर फरमाते हैं कि नबीलाम ने फरमाया मन सलात नलात अलइया नरीकन्ना जो मुद पर द्रू पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया अली ने एक खूबसूरत बात कही फरमाते थे अल्लाह की कसम अब देखिए अल्लाह की कसम खा के बात कर रहे हैं वल्लाजल तस्बीर व तकबीर व तहलील वहमीद लासी सलातन अला रसूल सला अगर अल्लाह और उसके रसूल ने तस्बी तहमीद तकबीर के फजायल बयान ना फरमाए होते तो मैं अपनी जिंदगी के हर सांस को दुरुशी पढ़ने में ही खर्च कर देता एक और हदीसी मुबारक सुनिए नबी अली सात उसम के साथ सिद्धिकला में बैठे हुए हैं एक नौजवान आया नबी इस्लाम ने उसे अपने और सिद्दीकों के दरमियान बिठा दिया फिर फरमाया कि अबू बकर मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बिठा दिया इस बात पर हैरत तो हुई होगी अलाके नबीस बड़ी हैरत हो रही है फरमाया इन नहाज अलफ यूसली सलातन मा युस अहद उम्मी मेरा ये नौजवान उम्मीती पर ऐसा दुरुषी पड़ता है कि जो द्र शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पड़ता उसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया फिर नवीर इस्लाम ने आया कि वो क्या दुरुषी पड़ता था अल्लाह सला मुहमदिन अदद मन सही वसली मोहम्मद आदद मोहम्मद कमा अमर तबिस वसलीला मोहम्मदन कमां तहिबुत अली वसली मोहम्मद कमा यम्बगी चुनाचिए हमारे अकाबर उलमायदन ने बाकायदा तफसी लिखी है कि किस किस मौके पर दरू शरीफ पढ़ना चाहिए दकूल मस्जिद वाल खुरूज मिन हो मस्जिद में दाखिल होते हुए यह मस्जिद से निकलते हुए दरुशरीफ़ पढ़ना चाहिए व तशाद अतहियात में भी दुरू सब पढ़ते हैं व रोयतुलमसाजिद जब मस्जिद पर नज़र पड़े तो उस वक्त भी दुरुशीफ पढ़ना चाहिए दखोल बाजार में दाखिल होते हुए दरूशीफ़ पढ़े दखोलबल खरूजमिन हो घर में दाखिल होते हुए घर से निकलते हुए भी दुरू पढ़ना चाहिए नसीानलहाजा अगर बंदा कोई बात भूल जाए चीज रख के भूल जाए बात भूल जाए उस वक्त भी नबी अली इस्लाम पर दुरुशी पढ़ना चाहिए वक्त अलफ्र तंगदस्ती के वक्त में भी दुरूसी पढ़े फिल बिदायात फिल रेल में और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दुरुशी पढ़े फिल बिदायात फिल खुतब जब खुतबा देना हो बयान करना हो तो भी दुरुशी पढ़े व इनतहा इम मजालसल जब इल्म की मजलिस का अख्ताम हो तो भी दुरुशरी पढ़े फी लिखाखवान दो मुसलमान भाई आपस में मिलें तो भी दुरुशरी पढ़े फी मवादहिम व मफार का तिम फिर मुदारसतन हदीस नबी नबीम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दुरूषी पढ़े इंद तजकर तसल् इस्लाम के जब तज़करा हो तो द्रू शरीफ पढ़े इंद जिक्र अब ही हती के इस्लाम के सहाबा का तज़करा हो उस वक्त भी दुरू शरीफ पढ़े इंद जिक्र श रही इस्लाम से नस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तजकरा हो तो उस वक्त भी दुरुशरीफ पढ़े इंद दखूलना मदीना तयबा में दाखिल होते भी न पढ़े और इंदलमरूर अलाकावर ही सल्ला जब नबील इस्लाम के सामने हाजिर हो मुज शरीफ पर तो उस वक्त भी दुरू शरीफ पढ़े दुरू शरीफ के फवाद क्या हैं कुछ देर यह भी जरा सुन लीजिए फरमायाबब हिदायतमी वह यात कलब ही दरुशरीफ के पढ़ने से दिल जिंदा होता है और पढ़ने वाले को अल्लाह हिदायत के ऊपर रखते हैं इन्ना सबमन लियादत मोहब्बत रसूल सल्लाम सल्ला। दरूशीफ के ज्यादा पढ़ने से नबी अलीतम के साथ ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है सबबन लियात मोहब्बत रसूल सो दरुशीफ ज्यादा पढ़ता है उस बंदे की मोहब्बत नबी इस्लाम के कलब मुबारक में भी ज्यादा हो जाती है इन नहा सबिर रब ही योमल रशीफ का ज्यादा पढ़ना क्यामत के दिन अल्लाह रबुल्जत के कुर्ब का सबब बनता है इन्हा अदा हक ही सल्लाम नबी सात के जो एहसानात हैं दुरुशीफ का ज्यादा पढ़ना गोया उन एहसानात का बदला चुकाने वाली बात है इनहा सबब किफायत ला अब मा महू जो परेशानियां होती हैं दरुशीफ के के सदके अल्लाबुलजत उन परेशानियों को खत्म कर देती हैं इनहा सबब इजाबत दुआ दो की कबूलियत का ये सबब होता है इनहा सबब जकतारतमुसली जो द्रूषी पढ़ने वाला है उसका दिल इससे साफ होता है उसका नफ्स पाक होता है और ऐसे आदमी को हदीस में पाक में फरमाया कि जो द्रूषि ज्यादा पढ़ता है वो वकील नहीं होता फिर जो द्रूषि ज्यादा पढ़ता है वो क्यामत के दिन की हसरत से बच जाता है और जो द्रूशीफ ज्यादा पढ़ता है मलाय आला में उस बंदे की तारीफें बहुत होती हैं और उसके उम्र में उसके वक्त में अल्लाह बरकते अता फरमा देते हैं और इहाबुल तस्बीत कदम अल सिरात जो बंदा दरुशरीफ ज्यादा पड़ता है क्यामत के दिन कुल सिरात से गुजरते हुए उसके पौ उतने मजबूत होंगे दरुशरीफ ज्यादा पड़ा होगा और एक और बात इन नहा सबबन लि सकल कफतमीजान के ये दरुशरीफ मीजान के पलड़े के भारी होने का सबब बन जाएगा अब इस बारे में एक हदी से मुबारक है वो जरा सुन लीजिए कि द्रुज शरीफ का क़यामत के दिन क्या अल्लाह क्या शान होगी एक हदीसी मुबारक अलामत जलालुद्दीन सियोती रमत ने अजकिरा में इसको जिक्र किया है और इबन अबी दुनिया और नुमैरी ने इसको अल किताब में जिक्र किया है फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह लानो एक सहाबी इसके रावी हैं कि अब्दुल्लाम ने फरमाया आदम अलैहि सलाम अल के फी दिन आदम अल्लाम को अल्लाह ताला अर्श के सामने एक ऐसी जगह अता फरमाएंगे अल ही सोबान उन पर दो सब्द कपड़े होंगे यानी समझे भी शब्द और कुर्ता भी सब्ज का नखलतन सहू कैसे शाखें कटी हो ना तो सीधा खजूर का दरख्त होता है इस तरह आदम इस्लाम का ऊंचा लंबा कद मुबारक होगा यंजो इला मैं युन ताला को बेही में वाला इल जन्ना व मई युन ताला को बेही इल्नार ऊंचे कद की वजह से आदम अलीस्म देख रहे होंगे कि उनकी औलाद में से किसको जन्नत ले जाया जा रहा है और किसको जहनम ले जाया जा रहा है आदमिक आदम, दालिक। आदम इस हाल में होंगे इद नजरा इला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नबीम की उम्मत में से एक बंदे को देखेंगे कि उसको फरिश्ते घसीटकर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे फयुनादी आदम तो आदम अलीसलाम पुकारेंगे या अहमदू या अहमदु नबीलाम का नाम पुकारेंगे आपलम आप का नाम मोहम्मद भी और आप, आप का नाम अहमद भी इसमह अहमद तो आदम अलीस्म नबीलाम का नाम पुकारेंगे या अहमदू या याहदू फयूलतलाम इस नाम को सुनकर नबी अलीसलाम जवाब में कहेंगे लब्बईक या अबल बशर ए बशर के वालिद लब्बईक में हाजिर हूं फैकूल वो बतलाएंगे हाजार रजुल उम्मती का यह आपकी उम्मत का एक बंदा है इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है शाम ने फरमाया फरा मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा यह अरबों में एक मकूला था जब उन्हें किसी अहम काम के लिए उठना होता था ना तो कहते थे जी जरा चादर को कस के बांधो चलो तो नबीलाम फरमाते हैं मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा असरा और मैं तेजी से चलूंगा उन फरिश्तों के पीछे जो मेरे उम्मीती को जहनम लेके जा रहे होंगे फ अकूल और मैं ये कहूंगा या रसुल रबी ए मेरे रब के नुमाइंदो के फू रुक जाओ फकुल वो आगे से जवाब देंगे नहन गजाल हम बड़े कवी और सख्त गीर हैं लाना साल मा अमराना जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नफरमानी नहीं करते व नफ आलोम उमर और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है फैजा आय नबी वसल्लम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ रुक नहीं रहे तो नबी अली इस्लाम फरमाते हैं कबाला बेदिलयसरा वस्त बल अरश बे वजह ही नबी अली इस्लाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीछ मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे अर्श की तरफ करके देखेंगे में ये एक तरीका तरीका था था कि कि जब किसी से से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आज का दाढ़ी पे हाथ के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत देखते थे, थे, फरियाद करते हम, पे हम इस्लाम, जब को देखेंगे वो रुक नहीं रहे मेरी उम्मीती को लेकर जहनम में जा रहे हैं आका सलम फरमाते हैं मैं अपनी जो है बाया हाथ अपनी रीछ के ऊपर रखूंगा और मैं आसमा अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा फिर नबीर इस्लाम फैकुलरमाएंगे या रबी कदवा आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रसवा नहीं फरमाएंगे फयातिन निदाबल अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी मुहम्मदा ओ मेरे फरिश्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करो वरुदू हाजल मकान और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मैदान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे अब दोबारा वजन शुरू होगा नबी नबीलाम एक छोटा सा कागज का पुरजा कागज का पुरजा निकालेंगे बई दा सफेद होगा कल अन मिलाते जैसे उंगली का पूरा होता है इसके बराबर होगा फी युना उस कागज के टुकड़े को नबी नबीम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे वह यकूल बिस्मिल्लाह और नबी नबीम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे फतर ये उल अल सै नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा फयुनाद मुनादी निदा देगा वो निदा देने वाला व वसोदा जद्दोहू ये बंदा इसके अजदाद शहीद बन गए इसकी नेकियां ज्यादा हो गई वीन इन तलेकूबी अब इसको जन्नत लेकर जाओ फैकूल या रसुल रब्बी जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा ऐ मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तो केफू जरा रुक जाओ हता अब करी में अला रबे हे मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लू पैकूल बेअी अंत व उम्मी आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए माँ आसन वजहू का आपका चेहरा कितना खूबसूरत है वह आसन खलकू का आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत कितनी प्यारी है मन अंता आप कौन है फकद अकेत आपने मेरे गुनाहों को मिटा के रख दिया वरहता इबरती मेरी लग्देशों को कम कर दिया अलैहि पय नबीम जवाब में फरमाएंगे नबी युगा मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नबी का और ये वो दरू शरीफ है तुम्हें इसका बदला दिया तकुनु जब तुझे इसकी बहुत जरूरत थी सोचिए आज नबीलाम पर दरू शरीफ का पढ़ना कल क्यामत के दिन मीजान में नेकियों के भारी होने का सब बन जाएगा दुआ है अल्लाह रबुल इज्जत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए उनका एहतराम उनकी इज्जत इकराम वो भी दिल में अता फरमाएं उनकी सुन्नतों की मोहब्बत के साथ इतबा करने के भी तौफीक और कसर से कर की भी तोफ़ी अता फरमाएं और कसरत से पढ़कर नबीम की मोहब्बत को दिल में भरने की तोफीकता फरमाए आखिर उदावानी